एक शिष्य एक गुरु के पास दौड़ता हुआ आया, उसने गुरुजी से कहा गुरुजी सारे घोड़े बांध दिए एक घोड़े के लिए रस्सी नहीं मिल रही क्या करूं सारे घोड़े अस्तबल में बांध आया हूं एक घोड़े के लिए रस्सी नहीं मिल रही क्या करूं तो गुरु ने कहा एक तरीका है मेरे पास रस्सी की जरूरत ही नहीं है तू घोड़े के पास जा सिर्फ ऐसे ऐसे उसके गले में घुमा दे हाथ उसको लगेगा और ऐसा बांधने के बाद वो रस्सी लेके नाटक करके ऐसे बांध दी उसने बोला जी गुरु जी भागा भागा गया सारे घोड़े उसने बांध रखे थे उस घोड़े को पकड़ा गले में घुमाया और ऐसे ऐसे करके वो रस्सी के साथ घोड़े तो रात को। बोला, चिंता कहीं नहीं जाएगा। सारे भर खड़े रहे वो भी खड़ा रहा अगले दिन सारे घोड़ों की रस्सी खोल दी गई चरने के लिए भेजना था सारे घोड़े चले गए उसने तो बोला गुरु कमाल हो गया वो घोड़ा तो जा ही नहीं रहा गुरु जी ने बोला रस्सी तो खोल के आ